इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉइंस एक्सचेंज पर PLCU कैसे खरीदते हैं कॉइंस पर मेनू चुनें, वॉलेट मेनू में बैलेंस चुनें, फिर डिपॉजिट टैब चुनें, वहां USDT टी USD यूएसडी कॉइन चुने यूएसडी टी आर सी का एड्रेस कॉपी करें अब ADV कैश में लॉगिन करें साइन अप करें बाय क्रिप्टो पर क्लिक करें विथ वॉलेट पर क्लिक करें लिमिट्स एंड फीस पर ध्यान दें अकाउंट चुनें, लिस्ट में से TRC20 चुनें, कॉपी किए गए USDT TRC20 आर वॉलेट के एड्रेस को पेस्ट करें USDT का अमाउंट दर्ज करें कंटिन्यू दबाकर USDT के अमाउंट का पेमेंट करें जरूरत पड़ने पर ईमेल के द्वारा अमाउंट को कंफर्म करें कॉइंस बीट में लौटे और वॉलेट पर जाएं। कॉइंस को ट्रेड बैलेंस में ट्रांसफर करें मैक्स पर क्लिक करें और फिर ट्रांसफर पर क्लिक करें मेनू में बाय क्रिप्टो चुनें। क्लासिक स्पॉट ट्रेडिंग पर क्लिक करें सर्च कॉइन मेनू को खोलें। सर्च बार में PLCU टाइप करें। PLCU USDT के जोड़े पर जाएं। ऑर्डर बुक में PLCU की ट्रेडिंग दिखाई देगी PLCU की विनिमय दर पर ध्यान दें PLCU खरीदने के लिए मार्केट पर क्लिक करें राशि दर्ज करें और PLCU खरीदें। PLCU खरीदने के बाद मिंटर चुनें, बेसिक और एबो और अपग्रेड पर क्लिक करें पेमेंट के लिए PLCU चुनें, PLCU का अमाउंट भेजें और सक्सेसफुल पेमेंट की प्रतीक्षा करें